दिल को बड़ा सुकून मिलता है दोस्तों कभी भूखे को खाना खिलाकर तो देखो और आज तो हम बात कर रहे हैं उन लंगरों की जहां रोज लाखों लोगों का पेट भरा जाता है हर रोज हिंदू मुस्लिम सिख इन सब से भी बड़ा एक धर्म है और वो है भूख का धर्म जब पेट में आग लगती है ना तो रोटी का मजहब नहीं दिखा जाता और ना ही लंगर में खाने वाले का यहाँ हर इंसान समान है हम बात करें देश के कुछ ऐसे लंगरों की जिनके बारे में आप जानते तो होंगे लेकिन आज हम इनके बारे में ऐसे बताएंगे सुनकर आप सख्ते में करना अब आपको लेकर चलते हैं उस दर पर जिस दर पर आकर सबकी मुरादे पूरी हो जाती है यहाँ हर धर्म और मजहब के लोग अपनी मुरादे लेकर आते हैं और झोलियाँ भर कर ही वापस जाते हैं हम बात कर रहे हैं अजमेर राजस्थान में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की और यहाँ बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी देख की यहाँ दरगाह में दो देख मौजूद हैं जरा इनका साइज देखिए सीढ़ी लगाकर बंदों को उतरना पड़ता है इसमें इनमें एक बार में लगभग 6000 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है इन देगो में पकने वाला प्रसाद खालिद शाकाहारी होता है इसे बनाने में चावल और मैदे के अलावा जाफरान घी गुड़ शक्कर सूखे मेवे और हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है बड़ी देग में चार किलोग्राम और छोटी देग में दो किलोग्राम प्रसाद बनाया जाता है रात बनाया जाता है जिसे तबरुक कहते हैं और सुबह फजर की नमाज से पहले ही बटना शुरू हो जाता है इन देगों में प्रसाद बनवाने के लिए नीलामी की जाती है जो कि करोड़ों में होती है और इस पैसे से गरीबों और बेसहारों को लंगर खिलाया जाता है शिरनी बांटी जाती है इसके अलावा गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए भी इसे खर्च किया जाता है देख का साइज देख आप समझ सकते हैं इसमें खाना बनाना और इसमें चम्मच चलाना कितना मुश्किल काम होगा चम्मच लकड़ी की बहुत बड़ी चम्मच होती है एक बार में दो लोग पकड़कर चला पाते हैं एक बार में 12 से 15 क्विंटल लकड़िया इसके चूल्हे में जल जाती है अब इसे ख्वाजा का करिश्मा ही कहेंगे कि ढेक का पूरा हिस्सा गर्म हो जाता है केवल ऊपरी हिस्सा बिल्कुल ठंडा बना रहता है वैसे तो देगो की नीलामी सबसे ज्यादा उष्स के समय होती है लेकिन यहाँ साल भर देगो में खाना बनता रहता और अगर कोई श्रद्धालु अपनी तरफ से देख बनवाना चाहे तो बनवा सकता है अगर आपको छोटी देख बनवानी है तो उसका खर्च है 60 से पचहत्तर हजार रुपए और बड़ी देख के लिए पचहत्तर हजार रुपए लगते हैं आपको यह राशि थोड़ी ज्यादा लग सकती है लेकिन यकीन रखिए ये पूरी राशि गरीब और माजूर लोगों के लिए लंगर तकसीम करने और दूसरे सोशल वर्क के लिए यूज की जाती है क्यूँकि तो ख्वाजा के दर पर कोई भी अमानत में खयानत के बारे में नहीं सोच सकता ख्वाजा गरी नवाज का क्रम हम सब पर हमेशा बना रहे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का लंगर यहाँ का लंगर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है रोज लगभग एक लाख से तीन लाख लोग यहाँ खाना खाते हैं रोजाना सात हजार किलो गेहूं का आटा तेरह सौ किलो दाल, बारह सौ किलो चावल और पांच सौ किलो मक्खन और लगभग दो सौ किलो देसी घी के इस्तेमाल से बेहतरीन खाना तैयार किया जाता है ये लंगर गुरु रामदास के नाम पर चलता है जिन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण किया था खाना पकाने के लिए सौ सिलेंडर और पांच किलो लकड़िया लग जाती हैं रोज 450 सौ पचास वॉल्टियर्स सब्जियां छीनने काटने सर्व करने और बर्तन धोने का काम करते हैं सेवा करते हैं यहाँ ज्यादातर वो लोग होते हैं जो सेवा भाव में काम करते हैं क्या बड़े बड़े कंपनियों के सी क्या बड़े बड़े जमीनों के मालिक सब यहां साफ सफाई में सेवा करते हैं मजेदार बात यह है कि यहाँ बर्तन तीन बार अलग अलग ग्रुप के वॉल्टियर्स धोते हैं ताकि एकदम साफ हो सके मतलब ये कि लाखों लोगों के लिए खाना बनाने के बावजूद भी यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है अब जरा इस कढ़ाई को तो देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है जिसमें एक बार में चार क्विंटल दाल बन सकती है गजब है भाई अब बारी है रोटी की तो जब बात आती है करोड़ों रोटियों की तो इंसानों के हाथ और मशीनों को लगातार काम करना पड़ता है इस खतरनाक रोटी बनाने की मशीन को तो देखिए जिस तरीके से पराठे और रोटिया बनाई जा रही है वो भी हजारों की क्वांटिटी में वहीं महिलाएं भी हर घंटे दो हजार रोटियां बना लेती फिर 10 से 15 हलवाई और उनकी टीम मिलकर इतना टेस्टी खाना बनाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं दोस्तों है। यहाँ के बारे में कहा जाता है जब कोई भूखा हो तो यहाँ जाए क्योंकि यहाँ भूखे का धर्म नहीं पूछा जाता कोरोना काल हो या कोई भी आपदा यहाँ के द्वार दरवाजे हर पल गरीब और बेसहारा लोगों के लिए खुले रहते हैं तो अगर आप भी अमृतसर जाएं, तो एक बार लंगर का खाना जरूर चखें और अपनी सेवा भी दें। इसमें आपको गुरु के आशीर्वाद के साथ मन का सुकून भी मिलेगा अब चलते हैं उस चौखट पर जहां आकर सभी धर्म के लोग एक ही रंग में रंग जाते हैं और वो है साई का रंग जहां हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में स्थित शिरडी साई मंदिर की जहाँ रोज पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर किचन भी है जी हाँ इसकी छत पर तिरहत्तर सोलर डिशेस का पैनल लगा है और इसको बनाने में लगे खर्च को सुनकर तो आपके होशी और जाएंगे पूरे 250 करोड़ रुपए यह रोजाना लगभग 60,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है हर रसोई में हजारों लोगों के लिए नाश्ते के पैकेट भी तैयार किए जाते हैं जो सुबह के समय मुफ्त बांटे जाते हैं रोजाना 5,000 से छह किलो आटे की रोटियाँ बनाई जाती है और सब्जी काटने धोने सभी कामों के लिए अलग अलग मशीने इस लंगर में हर साल लगभग तीस करोड़ का खर्च आता है लेकिन शिरडी को लेकर लोगों में जो श्रद्धा है उसके आगे कुछ भी नहीं साल दो में यहाँ एक करोड़ पैंसठ लाख लोगों ने भोजन किया था जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है वहीं चंदा देने में भी साईं के वक्त पीछे नहीं है दो में यहाँ तेरह करोड़ 15 लाख का दान भी आया साईं के आशीर्वाद से ये लंगर आज तक बिना किसी रुकावट के चला है और आगे भी चलता रहेगा अब हम आपको लेकर चलते हैं उस लंगर में जहाँ वर्ष भर सामान्य मात्रा में ही प्रसाद बनता है लेकिन भक्तों की संख्या हजार हो या एक लाख ये कभी कम नहीं होता मंदिर का कबाड़ बंद होते ही बचा प्रसाद खत्म हो जाता है हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रसोई में बनने वाले लंगर की उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रोज लगभग 50,000 लोग भोजन करते हैं और पूरी रथ यात्रा के समय तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है 500 कुक यानी कि बाबर रोज तीन सहयोगियों के साथ ये प्रसाद तैयार करते हैं भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से यहाँ से कभी कोई खाली पेट नहीं जाता यहाँ प्रसाद के रूप में रोज छप्पन भोग का निर्माण किया जाता है और लगभग बहत्तर क्विंटल चावल भी बनाया जाता है यहाँ के लंगर की खास बात और है कहा जाता है कि पूरा भोजन माता लक्ष्मी की देखरेख में बनता है और सात कलश एक के ऊपर एक रख के चावल बनाए जाते हैं जो कि अद्भुत नजारा होता है और सबसे ऊपर वाले कलश के चावल सबसे पहले पकते हैं ये भी चमत्कार है और फिर एक के बाद एक नीचे वाले कलशों के चावल पकते हैं सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है और फिर भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से कोई भक्त कभी भूखा नहीं रह सकता तो एक बार सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ को याद कीजिए इसके लिए सच्चे दिल से दुआ करें और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोशिश करें कि आपके दरवाजे से कभी कोई भूखा या प्यासा वापस ना चाहे शेयर करें इस वीडियो को मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में तब तो तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद